आज हम आपको बताएंगे कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाया जाता है वो भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल से घर बैठे तो इसके बारे में हम आपको पहले थोड़ा बता देते हैं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का डाटा बेस तैयार करने के लिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की इस पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कराकर श्रमिकों की ई श्रम कार्ड के जरिए तमाम सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं तो इसके बारे में चलिए दोस्तों अब हम आपको वीडियो बताते हैं कि किस तरीके से आप अपना श्रम कार्ड घर बैठे बना सकते हैं इसके लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करना है ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है ई श्रम लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है तो आप देख सकते हैं ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके की ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस होगा जिस जिसपे आप ये सबसे ऊपर ही दे सकते हैं रजिस्टर ऑन ईश्रम इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप ये देखिए आधार लिंकेड मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर आपने आधार पे रजिस्टर्ड कर रखा हो तो चलिए हम उसको डाल देते हैं मोबाइल नंबर डालने के बाद आप देख सकते हैं ये नीचे लिखा हुआ एंटर कैप्चा इस कैप्चे को आपको फिल कर देना है फिल करने के बाद एम्प्लाई प्रोवाडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ इस पे आपको कुछ नहीं करना ये नो है बस आपको इस पे नो कर देना है नो पर दोनों पे आपको नो नो पर क्लिक कर देना है उसके बाद सेंड ओ इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओ जाएगा तो उस ओ को आपको यहाँ पे फिल कर देना है तो चलिए हम फिल कर देते हैं ओ डालने के बाद ये सबमिट आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अब ये आपसे आधार नंबर मांगेगा तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देना है तो चलिए दोस्तों हम नंबर फिल कर देते हैं आधार नंबर फिल करने के बाद आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट, प्रिंट आयरिस ओ टी इन तीनों में से आपके पास जो भी सुविधा हो आप उस पर ओ या आयरिस है तो आपके पास मशीन हो तो वो मशीन आपको लगानी पड़ेगी फिंगरप्रिंट अगर मशीन है तो फिंगरप्रिंट मशीन से आप अपना बायोमेट्रिक भी कर सकते हैं तो अमूमन आप लोगों के पास ओ का ही माध्यम सबसे सही है और यही होगा भी तो इसको आपको ओ पे क्लिक करके यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चे को दर्ज कर देना है एंटर कैप्चा इस कैप्चा को आपको दर्ज कर देना है कैप्चा दर्ज करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है सबमिट इस सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है तो ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओ फिर भेजेगा जो आपका आधार से लिंक होगा तो वो ओ आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है ओ दर्ज करने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है इसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा तो जिसपे आप लिखा हुआ है कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल इस पर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद इस तरीके का फॉर्म खुल करके नज़र आ जाएगा जिसपे आपको पर्सनल इनफॉर्मेशन भरना है तो आप इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल कर दीजिए तो सबसे पहले आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था वो मोबाइल नंबर हो गया और अमरजेंसी अगर आपके पास कोई कांटेक्ट हो तो आप उसको भर दें तो इस तरीके का फॉर्म होगा जिसपे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अमरजेंसी मोबाइल नंबर तो अगर आपके पास कोई अमरजेंसी मोबाइल नंबर हो तो आप उसको फिल कर दें उसके बाद दे यहाँ पे पूछ रहा है ईमेल आईडी तो आपके पास कोई ईमेल आईडी हो तो आप वो ईमेल आईडी आई डाल दें मैरिटल स्टेटस तो यहाँ पे जो भी आपकी मैरिटल स्टेटस हो आप मैरिड हो या अनमैरिड हो यहाँ पे डाल सकते हैं उसके बाद फादर नेम यहाँ पे आपको फादर नेम फिल करना है तो चलिए हम फिल कर देते हैं फादर नेम फिल करने के बाद यहाँ पर है सोशल कैटेगरी आप जो भी कैटेगरी से आते हो एससी एसटी ओबीसी जनरल आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं ब्लड ग्रुप अगर आपको मालूम हो तो लगा सकते हैं वरना आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं और इसके बाद ये आप देख सकते हैं डिफरेंट्री एबेलेट इसको आप जो है खाली मतलब जिस तरीके ये नो पर लगाए तो आप इसको लगा रहने दें नॉमिनी डिटेल नॉमिनी डिटेल में आप जिसको देना चाहें नॉमिनी आप उसका दे सकते हैं उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक कर देना है सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एड्रेस अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है तो आप जिस भी स्टेट के हों वहाँ पे आपको सबसे सब पहले अपना स्टेट चुनना है स्टेट चुनने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, उस स्टेट में आप किस डिस्टिक से हैं वो आपको चुनना है उसके बाद इस्टेट इस्पेसिफिकस आई डी इसको आप छोड़ सकते हैं ये भरेगा भी नहीं इसके बाद करंट एड्रेस ये आप देख सकते हैं आप जहां से हो अरबन रूलर गांव से हैं या शहरी से हैं तो आप उस पर टिक कर दें तो शहर से हैं तो आप अर्बन पर टिक कर दें हाउस नंबर अब आप यहां पर हाउस नंबर जो भी उनका हो वो आप हाउस नंबर डाल सकते हैं तो चलिए हम इस इनका हाउस नंबर फिल कर देते हैं इसके बाद लोकेल्टी जो भी एड्रेस हो आप अपना यहाँ पे एड्रेस फ़िल कर सकते हैं तो चलिए हम एड्रेस फ़िल कर दें एड्रेस फ़िल करने के बाद आप देख सकते हैं स्टेट यहाँ पे आपको फिर से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है उसके बाद यहाँ पे डिस्टिक आपको फिर अपनी डिस्टिक सेलेक्ट करनी है उसके बाद सब डिस्टिक्ट यानी आपकी तहसील आपको अपना तहसील सेलेक्ट करना है सिटी यहाँ पे आपको अपना सिटी का नाम फिल कर देना है उसके बाद पिन कोड यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करना है पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कितने साल से इस शहर में आप रह रहे हैं तो मोर देन 25 ईयर अगर जन्म से हैं तो अमूमा इसी को आप सिलेक्ट कर दें और आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है सेम एड्रेस जो आपका पहले होगा वही एड्रेस यहाँ पे आपको फ़िल कर देना है फ़िल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपका एड्रेस भी यहाँ पर सेव हो जाएगा अब आपको अगला कॉलम भरना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का तो आप इस पर देख सकते हैं आपकी जो भी क्वालिफिकेशन हो आप जितने भी पढ़े लिखे हों यहाँ पर आपको दर्ज करना है तो चलिए हम इस पर सेलेक्ट करते हैं आप नोट लिटरेट हैं अगर मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो आप उसके लिए भी इसमें ऑप्शन से लो प्राइमरी जो भी है हाई सेकेंडरी सेकेंडरी डिप्लोमा सर्टिफिकेट ग्रेजुएट तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं इसके बाद अगर आपका एजुक, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं वरना कोई ज़रूरी नहीं है मैंनेट्री नहीं है और मंथली इनकम आपको यहाँ पे बताना है कि आपकी क्या मंथली इनकम है तो आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी फिल हो गया है अब आपको ओकेपसन एंड स्किल ये आपको यहाँ पे फिल करना है आपका जो भी काम हो वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है तो चलिए हम यहाँ पर आपका काम भी दर्ज कर देते हैं आपको यहाँ पर अपना काम दर्ज कर देना और वो काम दर्ज करने के लिए आप जी जो जो ऊपर देख रहे हैं क्लिक हेयर इस क्लिक हेयर पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक काम की पूरी लिस्ट निकलेगी जो कि भारत सरकार ने पूरी लिस्ट दे रखी है जो असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले जो कामगार हैं श्रमिक हैं उनकी इसमें काम दिए हुए हैं कि कौन कौन से काम इनके उसमें असंगठित आस, क्षेत्रों में आते हैं तो आप अपने हिसाब से उसमें काम सेलेक्ट करके यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंडरी काम अगर आप कोई अदर और भी इसके बाद भी समय बचता है और आप काम करते हैं तो यहाँ पे आप दर्ज कर सकते हैं वरना ये कोई ज़रूरी नहीं है उसके बाद आपको यहाँ पे अगर कोई स्किल का सर्टिफिकेट हो तो आप वहाँ पर सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं और ना हो तो आप इसको रहने दें इसे खाली भी छोड़ सकते हैं हाउ डिड यू एक्किल यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग या डिड नाट रिसीव तो इनमें से आपको रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग ये सेलेक्ट कर देना है कि अगर गवर्नमेंट कभी ट्रेनिंग भी देगी तो आपको दे सकती है यहाँ पे भी टू रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस ये यहाँ पे मांग रहा है वर्क एक्सपीरियंस तो यहाँ पे आपने को जितने साल का भी काम का एक्सपीरियंस हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ओकेप्शन एंड स्किल भी फिल हो गया है अब बचा है आपकी बैंक डिटेल तो यहाँ पे आप अब बैंक डिटेल फीड करिए तो देखिए बैंक अकाउंट डिटेल बैंक सीडिंग विद आधार यानी आपका आधार नंबर बैंक से लिंक नहीं है लेकिन ये आपको लिंक करा लेना बहुत जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट जब भी पैसा देगी तो लिंक अकाउंट पे ही आएगा अगर लिंक नहीं होगा तो आपका पैसा नहीं आएगा इसी वजह से कई लोगों का इसी प्रकार हुआ है कि जिनका बैंक अकाउंट लिंक था तो गवर्नमेंट ने उनके अकाउंट पर पैसा भेज दिया लेकिन जिन लोग बता रहे हैं कि पैसा नहीं आया तो उन वो लोग ये देखें कि उनका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो उन लोगों को ये बैंक अकाउंट लिंक कराना बहुत ज़रूरी है नहीं लिंक कराएँगे तो पैसा नहीं आएगा तो चलिए हम बैंक अकाउंट यहाँ पर फिल कर देते हैं अब यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल भरना है तो बैंक अकाउंट नंबर आपको यहां पर फिल कर देना है उसके बाद कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर तो आपको यहां पर बैंक अकाउंट नंबर अपना दोबारा से डाल के कन्फर्म करना है उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम जो भी अकाउंट होल्डर नेम है वो आपको यहां पर अकाउंट होल्डर नेम फिल कर देना है और बैंक लुक अप फॉर आई कोड यहाँ पर आपको बैंक का आई कोड फिल कर देना है उसके बाद बैंक नेम तो आपको यहाँ पे बैंक नेम फिल कर देना है उसके बाद यहाँ पे ब्रांच तो ब्रांच में आपको जहाँ का भी आपका बैंक अकाउंट हो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल फिल हो गई है फिल होने के बाद आप देख सकते हैं ये फॉर्म आ जाएगा इस फॉर्म को आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है चेक करने के बाद यहाँ लास्ट में आइएगा यहाँ पे आप डिग्लेसन यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद सबमिट इस सबमिट पे क्लिक कर देना है सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका यू कार्ड जनरेट हो जाएगा यानी ई श्रम कार्ड आपका जनरेट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आ जाएगा जिसमें आपका यू यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा और आप देख सकते हैं इसको आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं ये देखिए ये इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद आप इसको प्रिंट निकलवा करके आप अपने पास आधार की तरह रख सकते हैं और कभी भी भविष्य में जब भी गवर्नमेंट इस पे पैसा देगी या गरीबों के लिए जो भी सहायता देगी तो इसी कार्ड के माध्यम से यह आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा पहुंचा दिया जाएगा तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें आप लोग हमारे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद दोस्तों